क्योंकि हमें अपनी शॉप के लिए राइस खरीदनी है अगर अच्छी लगी पसंद तो तो तो आज ही ही खरीद लेंगे नहीं नहीं नहीं कल फिर नई शॉप पे देखने जाएंगे तो देखते हैं बड़ा ना बंदा वाली आज हम आई है और पर नेचर बहुत अच्छी है जो कि हमें हमारे घरों में नहीं मिलती। नहीं अच्छी हैं, हैं, अच्छा था। था था था। था था। भी अच्छा <laughs> नेचर सबसे अच्छी है। है। भी ज़्यादा पे पता पता नहीं इस पे लगते, पता नहीं लगते लगते है। लगते हैं हैं। हैं। दन... या पे कैसे मैंगो लगेंगे ऑरेंज लगते है इस पे। आम आम आम का आम का पेड़ है इस ऑरेंज लगते हैं हैं हैं लगे लगे हुए हुए देखो तो सच में यस हम हमने छ महीने बाद आएंगे हम छ महीने बाद आएंगे और खाएंगे और, और हमें ये मार के भगाएंगे ताइज के साथ ये भी खा सकते हो आप जो भी ज्यादा बोलता है उसको खिलाई जा सकती है ये छोटा सा बाग बीज तो बिजे तो तो देखो उगेंगे वहां ओ कादी बुड्ढे हैं केड़े वो मिर्चों में दो वो भी मिलता है है तो टमाटर तोरी, तोरी। एक है। है। ही ही अमरूद देख आम नींबू हाँ। नींबू का पेड़ आम निबू गदर फिल्म में गाना था आम को बूर पता नहीं क्या कितने प्यारे प्यारे फूल हैं ये इन पर निमोलियां लगेंगे कहा भाग रही है कहाँ भाग रही है ओह ओह ओह ये अपनी उससे बिछड़ गई अपनी मंडली से बिछड़ गई बेचारी को सदमा लग गया पागल हो गई है ये スピード देखो स्पीड ओ ओ ओ ए चिंटी चिंटी कहीं मत बाप सासा तेरा घर पीछे रह गया कहाँ जा रही है ट्रिपल सिक्स हाँ जी हाँ जी नाइन डबल सिक्स नाइन डबल सिक्स वोट सी वन सी चेक कितने बज चुके हैं चार बज चुके हैं हमारी खानदानी घड़ी पे और आ जाओ आ जाओ किस जगह पर स्टैंड करेंगे और देखते हैं कैसे स्टैंड है चलो जीया इतनी आ तो वेट कर चल जा एक्सटेंशन है अरे एंजेल जी मैं नहीं दे तक मैं क्रॉप कर देना मुंह बना गया पूरा यार मॉडल का मुंह है अंदर तक आने की तक ज्यादा हां जी ऐसा अबे क्या है, है? <laughs> <laughs> नहीं ज्यादा की फिर <laughs> <laughs> मैं भाई तो बड़ा नहीं लगे गो मारता मार वो इधर नहीं होता तेरे यहाँ पे छोटे वाली सीओ तो ने तो देखे ही नहीं तेरे इधर हार्बर जाए कम माँ इधर तो उन्हें देखे ही नहीं क्या तो डेवलपिंग आंसर है वो बाहर छोटे है ना प्रेस कितना गर्म हो क्यों नहीं पता, नहीं पता ना ये कितने गर्म हैं इधर अच्छे बात है साल को पता नहीं है क्या बात से ज़्यादा म